उल्टा लेटेंगे स्टमक पर हाँ एक्सरसाइज तो, तो आप ठीक करते हो बस टाइटनेस ही आपकी प्रॉब्लम है वेलकम फ्रेंड्स पेशाजाज यादव जी हैं ये अपनी शोल्डर इंजरी के साथ आए थे आज चौथा दिन Six. है या पांचवा दिन है सिक्स डे है आज इनका और कितना बेटर हो गए हो काफी बेटर गया वो वे गुड अब ये इनकी स्टिफनेस ही इनकी मेजर प्रॉब्लम थी मैंने इनको काफी सारी एक्सरसाइजेस बताई हैं और इनका एडजस्टमेंट दिखाता हूँ मैं आपको विद आउट नाइस आप महसूस कर हैं कितना स्टिफ है साइड टर्न लेंगे मेरी तरफ नीचे वाला प्यासी और तो ये आज थोड़ी सी जो आवाजें आई हैं ये इनिशियली वो भी नहीं आती थी शोलर पीछे इजी उस तरफ ियन नॉन वेजिटेरियन हो वेजीटेरियन सब्जियां कम खाते होते यहाँ से यहाँ से ले इजी अब बताओ लेके की कैसा फील कर रहे हो नाइस रिलैक्स्ड रिलैक्स तो नेक तो खुलती थी बट ये इतना नहीं खुलता था है ना परफेक्ट बट कुछ शोल्डर्स uh, uh, की मूवमेंट्स ने थोड़ा सा ईजी हुआ है पहले से बहुत ज्यादा इज हुआ जब फर्स्ट टाइम आया था उससे तो काफी ज्यादा तो हाथ में स्ट्रेंथ भी काफी कम थी बहुत ज्यादा ठीक है फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपने से भी कोई शोल्डर इंचरीज के साथ परेशान है तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है हमारे दो सेंटर्स हैं दिल्ली और गुड़गांव में एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर वीडियो थैंक